और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ एक बार लड़की को देखो एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पर लिख के जाओ अपने मत्थे पर अपने पापा के मत्थे पर हम मंगे हमारे अब्बा मंगे